आजकल की पढ़ी लिखी बेटियां क्या कहती हैं पढ़े लिखे बेटे क्या कहते हैं अरे हम अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं हम अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं अब हमें माँ बाप की जरूरत नहीं है वाह तुम इतने पढ़े लिख गए इतने बड़े हो गए कि हम माँ बाप की जरूरत नहीं है वाह तुम्हारे जैसा नमक हरामी कोई नहीं होगा फिर क्यों माँ बाप सो, सोचे माँ बाप क्या होते हैं कभी सोचा आपने सबसे बेहतर प्लानिंग यदि तुम्हारे भविष्य की कोई करता है तो माता और पिता करते हैं 140 करोड़ लोग रहते हैं मेरे भारत देश में लेकिन 140 करोड़ लोगों में सिर्फ दो एक माँ एक बाप ऐसे हैं जो बच्चों के भविष्य की जितनी बेस्ट जितनी बढ़िया प्लानिंग करते हैं उतनी अच्छी प्लानिंग बच्चों की मतलब आपकी कोई कर ही नहीं सकता देखो कहाँ से प्लानिंग स्टार्ट होती है सुनो जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं जब बेटी चार साल की होती है जब बेटा चार साल का होता है तब से माँ बाप की प्लानिंग चालू कौन से स्कूल में सिर्फ पढ़ाएं, कौन से स्कूल में इसका नाम लिखाएं, कौन सा स्कूल सबसे महंगा है सबसे बेस्ट है सबसे अच्छा है कहाँ ले जाएं बच्चों को वहाँ से प्लानिंग चालू हो जाती है अच्छे से अच्छे स्कूल में तुम्हारा नाम लिखाते हैं तुम्हारे माता पिता वो निर्णय कौन लिया अच्छे स्कूल का आपके माता उस समय तो आप निर्णय लेने की स्थिति पर थे ही नहीं मां बाप ने निर्णय लिया अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे फिर स्कूल पूरा होते ही मां बाप ने तुरंत आपके कॉलेज की प्लानिंग करनी शुरू कर दी कौन से बेस्ट कॉलेज में बेटे को या बेटी को पढ़ाएं बेटे के पास उस कॉलेज में फीस ज़्यादा है चलो एक्स्ट्रा काम करेंगे माँ बर्तन धुलती है घर घर जाकर बाप रिक्शा चलाता है इसलिए कि बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा उसका नाम रोशन किया जाए बेटा पढ़ लिख करके हमारा नाम रोशन करेगा इस उम्मीद से माँ बाप बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और बाद में वही बच्चे पढ़ लिख कर कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है जब आप अपने माँ बाप से कहते हैं ना कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है तब माँ बाप को ना ऐसा लगता है कि हमारी छाती पर किसी ने हथौड़ों की मार लगाई छाती फट जाती है। जब औलाद ये कहती है तुमने हमारे लिए किया ही क्या है जब तुम कभी माँ बनोगी जब तुम कभी बाप बनोगे भविष्य में और जब तुम्हारी औलाद कहेगी ना कि तुमने क्या किया तब पता चलेगा कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया है उस माँ बाप के ऋण को इस धरती की कोई दौलत ऐसी नहीं है जो देखकर माँ बाप के ऋण को चुकाया जाए पर आज की औलादे पढ़ी लिखी संतानें ये सवाल करती अपने माँ बाप से तुमने हमारे लिए किया ही क्या है तुम्हारे लिए अच्छे स्कूल की प्लानिंग की तुम्हारे लिए स्वयं पुराना मोबाइल सड़ा सा मोबाइल तुम्हारे माता पिता रखते हैं तुम्हें अच्छा मोबाइल दिलाते हैं खुद के कपड़े फट गए तो नए कपड़े खरीदते नहीं सिल-सिल कर पहनते हैं पर तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े महंगे महंगे जो तुम्हारी इच्छा हो पूरी करते हैं माँ बाप ये सोचते हैं कि जो हमने ना देखा जो सुख हमने ना लिया वो सारे सुख हमारे बच्चे लें जो हम ना पढ़े वो हमारे बच्चे पढ़ लें जो हमने ना देखा वो हमारे बच्चे देखें जो हमने ना खाया वो हमारे बच्चे खाएँ ये हर माँ बाप की इच्छा होती है कि जो स्ट्रगल हमने किया है वो हमारे बच्चों को ना करना पड़े जो मेहनत हमने की है वो हमारे बच्चों को ना करनी पड़े ये सपना हर मां बाप का होता कि जो मेहनत मजदूरी हमने की जो हमने नहीं खाया कई बार हम खाने को तरसते थे पर बच्चों को जो मांगते हैं खिलाते हैं हम लोग खिलौने से नहीं खेले साहब क्योंकि खिलौनों को खरीदने की औकात नहीं थी पर आज बच्चों के लिए हर माँ बाप जो खिलौने पर हाथ रख देते हैं माँ बाप वो खिलौना दिलाते हैं सारी इच्छाएं पूरी करने के बाद अंत में माँ बाप को सुनना पड़ता है बच्चों से तुमने हमारे लिए किया ही क्या है कभी माँ बाप बनकर देखोगे ना तो पता चलेगा कि माँ बाप क्या होते हैं इस धरती पर भगवान को देखना हो तो भगवान को जीते जागते रूप में देखना हो अपने माँ बाप को देख लेना वो भगवान ही है भगवान का स्वरूप है वो भगवान सबके पास नहीं खड़े हो सकते इसलिए भगवान ने माँ बाप बन करके सबके पास खड़े होकर हर बच्चे के सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद देने के लिए भगवान पहुंचे और बेटे माँ बाप पर हजार सवाल खड़ा करते हैं इसलिए माँ बाप ने जन्म दे दिया पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया जहाँ हो जैसे हो वहाँ रहकर मां बाप का धन्यवाद दो और मां बाप से अब क्या चाहते हो जन्म दे दिया मानव चोला दे दिया और क्या चाहिए ठीक अब पढ़ जाओ लिख जाओ योग बन मन लगाकर पढ़ो अपने माँ बाप का नाम हर माँ बाप की क्या इच्छा है आप में से जितने बच्चे बैठे हैं मुझे बताओ आपसे आपके माँ बाप क्या चाहते हैं बताओ हर माँ बाप बच्चों से क्या चाहते हैं माँ का पैसा तब वसूल हो जाता है जब बच्चे पढ़ लिख कर के नाम कमाते हैं और बच्चे के नाम से माँ बाप को जब सम्मान मिलने लग जाए समाज में अरे इनके माता पिता फलाने के माता पिता ये हैं जब बच्चे के नाम से माँ बाप को जानने लग जाए समाज में तब माँ बाप का पैसा वसूल हो जाता है माँ बाप का बलिदान वसूल हो जाता कि चलो हमने पढ़ाया लिखाया आज हमारा बेटा हमारा नाम रोशन कर रहा है और जब माँ बाप का नाम रोशन करता है ना तो माँ बाप के राम राम से बच्चे के लिए दुआएं निकलती आशीर्वाद निकल तब तुम्हारा पुत्र होना पुत्री होना सार्थक हो जाता जब तुम समाज में इज्जत कमाते हो नाम कमाते हो दो पैसा कमाकर कर बाप को देते हो माँ बाप को अच्छा लगता चलो पढ़ाया लिखाया बच्चे अपने पांव पर खड़े हो गए पर विडम्बना देखो कि जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं कोई लड़की शादी कर लेते हैं, और शादी करने के माँ बाप बोले सास माँ बोली अरे बहू अभी तो आई है थोड़ा बहू का सुख लेने दो ना ना ना उसे पसंद नहीं है बुढ़ा बुढ़ी मां बाप अभी बहू के सपना ही देख रहे होते हैं बहू को ये साड़ी पहनाऊंगी बहू यहाँ सोएगी बहू यहाँ रहेगी ये खाएगी बहू को अपने हाथ से बनाकर कर खवाऊँगी माँ की तरह सास सोचती है पर बहू आई चार दिन बाद महीने भर बाद बेटे ने काम ने डिसाइड कर लिया है हम वहाँ रहेंगे माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं दिल्ली में ऐसे कितने माँ बाप हैं जिनको बेटे छोड़कर दूसरे फ्लैट पर रहते हैं दूसरे जगह पर रहते हैं माँ बाप के साथ कोई रहना ही नहीं चाहता अकेले माता पिता दिल्ली के कितने फ्लैटों पर कितने घरों पर अकेले माता पिता सड़ रहे हैं बेचारे